जा रहा हूं जो कि आई टी कैंडिडेट से रिलेटेड है अभी तक जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं देखिए किस तरह से बदलाव हुए आई परीक्षा में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ बदलाव आज की बारी डीजी न्यूज देखिए आईटीआई में पहली बार ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड का बदलाव हुआ है अब हम देखेंगे किस तरीके से एग्ज़ाम के पैटर्न में भी और भी बहुत से बदलाव हुए हैं अब हम देखेंगे तब से पहले देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेशन 2014 से लेके 2017 तक के जिन भी कैंडिडेट्स का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वह ऑफलाइन माध्यम था इसके बाद में लगभग 60% परसेंट कैंडिडेट पास आउट हो चुके हैं और लगभग 40% परसेंट कैंडिडेट जो कि फेल हो गए हैं या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के हैं ऐसे कैंडिडेट का अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाया है या फिर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ हो पाया है इन सभी कैंडिडेट्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप पास हो गए तो गुड अगर आप पास नहीं हो पाए हैं तो बताना चाहूँगा कि अब आपकी जो एग्ज़ाम होगी वे ऑनलाइन प्रोसेस के द्वारा ली जाएगी जिस तरह की 2017 के बाद में ऑनलाइन प्रोसेस से जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा उसी के माध्यम से आपका भी एग्ज़ाम होगा अब ये आपको बताना है कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या होगा सेशन 2014 से लेकर 17 तक के जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो कि अभी पास नहीं हो पाए ऐसे कैंडिडेट्स की जो एग्ज़ाम होंगे वे ऑनलाइन माध्यम से होंगे अब ऑफ़लाइन माध्यम से उनके एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे अब देखेंगे कि इनके एग्ज़ाम कब होंगे जो 2014 से लेकर 17 तक जो भी 40% स्टूडेंट पास नहीं हो पाए इन कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम होगा देखिए 17 मई तक मान लीजिए कि पूरा मई चला जाएगा जिसमें कि लेफ़्ट ओवर ट्रेनिज़ का एग्ज़ाम शड्यूल आ चुका है फेज़ वन कंप्लीट हो चुका है फेज़ टू भी कंप्लीट होने वाला है और फेज़ थ्री की भी डेट शीट आ चुकी है एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं इन सभी के एग्ज़ाम की जो ऑफिशियल डेट है वो सत्रह मई तक है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सत्रह मई तक ये एग्ज़ाम खत्म हो पाएंगे इन एग्ज़ाम को ख़त्म होने में पूरा मई भी लग सकता है ठीक इसके बाद में आपके पास में बचा जाके जून जुलाई इसके बाद में अगस्त में जो एग्ज़ाम होने हैं वो सेशन 2020 के कंडिडेट रेगुलर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होना है और सेशन 2021 के कैंडिडेट्स के रेगुलर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होना है जो कि अगस्त से होंगे तो इस बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है हाँ ये हो सकता है कि जून और जुलाई मंथ में आपका एग्ज़ाम हो गया सप्लीमेंट्री का तो गुड अगर इन दो मंथ्स में नहीं हुआ तो आपका एग्ज़ाम अब सीधे सेशन दो और दो के एग्ज़ाम होने के बाद में आपका एग्ज़ाम शड्यूल तैयार होगा और उसके बाद में आपका एग्ज़ाम लगभग सितंबर या अक्टूबर मंथ में होने की संभावना है अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है लेकिन ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि सेशन 2020 में जिन कैंडिडेट ने एडमिशन लिया हुआ था और जिन कैंडिडेट्स ने सेशन 2021 में एडमिशन लिया था इन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम शड्यूल आ चुका है इन कैंडिडेट्स की एग्ज़ाम अगस्त माह से स्टार्ट होगी इस बीच में कोई भी सप्लीमेंट्री वाले कैंडिडेट का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा इनका शड्यूल अलग से जारी होगा ये चीज़ क्लियर हो गई अब ये भी मैंने बता दिया कि दो से लेकर सत्रह तक जिन कैंडिडेट की बैक लगी होगी अब उन कैंडिडेट्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम ही लिया जाएगा ऑफलाइन माध्यम से एग्ज़ाम नहीं होगा बस इतना है कि उनका जो एग्ज़ाम होगा वो पुराने पैटर्न के अनुसार ही होगा अब हम देखेंगे जो नए सेशन में है 2020 और 2021 में जिन कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया हुआ है अभी तक इनके दो एग्ज़ाम होते थे मतलब एक एग्ज़ाम जो होम एग्ज़ाम था दूसरा एग्ज़ाम था ऑनलाइन तो होम एग्ज़ाम पहले जो होते थे वे इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रैक्टिकल का जो कि सेल्फ सेंटर में होते थे ठीक इसके सेकेंड एग्जाम जो आपका होता था वह हैदलाव कर दिया गया है जो मैं आपके सामने स्लेवर दिखा रहा हूँ अब इसमें क्या बदलाव कर दिया गया है अब जो आपका एग्जाम जुलाई या अगस्त माह 2022 में होने वाला है उसमें काफी बदलाव कर दिया गया है देखिए अभी तक जो आपका सेल्फ सेंटर एग्जाम होता था ईडी का और प्रैक्टिकल उसमें से अब आपका ईडी का एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा वो इसका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन माध्यम से एम सी के माध्यम से आपका एग्जाम होगा अब देखिए आपका सिर्फ अब सी मोड से जो पेपर होगा सिंगल पेपर होगा मतलब उसी में आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन रहेंगे उसी में वर्कशॉप कैलकुलेशन के रहेंगे उसी में इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन होंगे सिंगल पेपर होगा कि अब हम देखेंगे कि अब ये सेशन 2020 के कैंडिडेट्स और 2021 के कैंडिडेट्स का जो सलेबस है ये दोनों का सेम है ये सलेबस दोनों का सेम है इसमें से अभी एक चीज़ कन्फ्यूज़न बनी हुई है इम्प्लाइबिलिटी स्किल को लेकर देखिए जिन कैंडिडेट्स ने सेशन 2020 में एडमिशन लिया हुआ था इन कैंडिडेट्स का एम्प्लाइबिलिटी स्किल के पेपर के बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया हुआ है बट इतना बोला गया है जुलाई अगस्त 2022 में जो भी एग्ज़ाम होगा वह नए सलेबल्स नए पैटर्न से होगा देखिए मेरी जानकारी के मुताबिक मुझे लगता है कि जिन कैंडिडेट ने 2021 में एडमिशन लिया हुआ था और 2020 में उन कैंडिडेट देखिए 21 वालों का तो कंफर्म है कि उनका इम्प्लाइबिलिटी का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि इम्प्लाइबिलिटी उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है सिर्फ आपका तीन सब्जेक्ट का पेपर होगा एक ही पेपर होगा ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेसन इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक पेपर जो होम सेंटर में हो प्रैक्टिकल वह पहले की तरह एजिट इज़ होगा और जिन कैंडिडेट्स ने 2020 में एडमिशन लिया हुआ है इन कैंडिडेट्स का अभी इम्प्लाइबिलिटी का किसी तरह का कोई भी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं होता है आप अपनी इम्प्लाइबिलिटी एज इट इज़ पहले के अनुसार ही पढ़ते रहिए ठीक है अगर एग्ज़ाम होगा तो गुड नहीं होगा तो भी आपका कोई लॉस नहीं है ये तो हो गई दो इन्फॉर्मेशन से 2014 से लेकर 17 तक वाले कैंडिडेट्स के लिए और 2017 के बाद वाले कैंडिडेट्स के लिए मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दिया है कि जिन कैंडिडेट्स की अभी तक परीक्षा नहीं हुई है अभी उन और ऐसे सभी कैंडिडेट की एग्ज़ाम चल रहे हैं लैपटॉप और ट्रेनिंग से इस बीच में बैक पेपर और सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम का शड्यूल नहीं जारी किया गया है ना हो सकता है अब आपका एग्ज़ाम सीधे जून या जुलाई में हो गया तो गुड नहीं तो आपका एग्ज़ाम अब सीधे अक्टूबर या नवंबर माह में होने की उम्मीद है कोई कन्फर्म नहीं है इस तरह के और रही बात एग्ज़ाम पैटर्न की तो वह मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया है कि कैसा कैसा एग्ज़ाम पैटर्न है सारी चीज़ें मैंने पहले क्लियर कर दिया हुआ है और आपके चेंजमेंट भी करे गए हैं एग्ज़ाम पैटर्न में उसकी भी मैंने वीडियो बना दी हुई है जिस कैंडिडेट से नहीं देखा हुआ है वो देख सकता है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो